आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज के गेस्ट हैं तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा यह बताने से पहले कि गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल है जो अलग अलग जॉर्नल है अलग अलग कैटेगरीज में है उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज है मोटिवेशन और एजुकेशन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 इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी जो बच्चे हैं हैं हैं वो आपके इतने दिवाने क्यों है? इतने पागल क्यों है आपके इतने इतने क्यों क्यों पागल पीछे मतलब मेरे क्या जादू कर दिया <laughs> तो चले आए कि सर कब जा रहे हैं क्योंकि है लोग <laughs> <laughs> का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 तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं हैं कम कर क्योंकि कोई लाइन तो, को तो हाँ। तो। मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले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 पिटने का पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी है हो पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से है ना तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे आपसे और और और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं है ना और एक एक क्वेश्चन और सर यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है, है? उसके बारे में बताइए सर क्योंकि आ, मुझे मतलब कुछ इश्यू करना है सर ठीक है और संदीप सर को देख लिए मेरा तो वैसे ही हो जाना है क्या हो जाना है मेरा पूरा पूरा कंप्लीट करो। करो। बोला देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा और डर का होना बहुत जरूरी है ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागी मत एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है और रही बात यूपीएससी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की क्योंकि दो लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते और हमारा वही रहता ही हम हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला सब्जी वाला यही लोग इनको तो ढाई लाख रुपये इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है फीस कहां से भरेंगे हम आप उसके बाद रहेंगे कहां से तो ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपए मंथली बारह चौदह हजार साल का पड़ेगा खत्म हो जाएगा इतना नहीं हाँ। जो डंडे वाली बात इन्होंने कही हाँ। ये सच है मतलब आप हाँ, सच में एक डंडा रखते हो पुलिस का ही है वो और मारते हो हाँ मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा हाँ है। है। कुछ भी गलती करेंगे तो वो यहां पे। एक कोई, मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिया तो चलाए दल बल लेके अपना वहाँ पे उसने घर पे नहीं बताया था की सर ने पीटा है बस बोल दिया कोचिंग में पिटा है बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को नहीं लगता है। बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली गाने सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी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 तो so, यहाँ पे सब हिंदी में पूछते इंग्लिश में पूछते नी की जैसे करे नी सर तो कभी कभी डेली टारगेट जो हो तो कम्प्लीट ना हो अगर टारगेट कम्प्लीट भी हो और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रह ला तो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 अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे ढकेल देंगे तुमको हालांकि <laughs> ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं क्षमता पता होना चाहिए <laughs> आपके अंदर एंग्जाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंगजाइटी हो रही है आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंग्जाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर एंगजाइटी हो रही है दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट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 और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहेंगे अब बहुत टेंशन हो गया आप घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा घड़ी देखिए तो देखिये तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था वहाँ टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता तो इससे घबराना नहीं है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम ये वो ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहां पर आप अकेले नहीं है बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या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 उनको ये चीजें मतलब एंड टाइम पर दिखे समझ रहे मेरी बात नहीं समझे <laughs> यही होता है सर नहीं सर का मोटिवेशन ज्यादा <laughs> जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना सीखिए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 बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा थैंक यू सो मच जी थैंक यू